ऐसी कभी पहले हुई ना थी खाशें किसी से भी मिले की ना की थी कोशिशें उलझन मेरी सुलझा दे जा मैं में आखों आँखों में जता दे